भाई लोग यहाँ पर देख सकते हो इस एप्लीकेशन में मैंने पेवर लगाया सात सौ सतर का ठीक है देखते हैं पेवर मिला है कि नहीं यहाँ पर पेटीएम ओपन करता हूँ नीचे देख सकते हो पाँच रुपये मुझे मिला है नीचे और स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो पंद्रह रुपये मिला है और नीचे फिर मैं और स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे पाँच का पेमेंट मिला है इस एप्लीकेशन का नाम है कैश बीज इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है बीज ऑफर जहाँ पर आपको एड इंस्टॉल करना होता है ठीक है उसका आपको 250 कॉइन मिलता है इसको एक दिन रखोगे एप्लीकेशन को तो आपको 800 कॉइन मिलेगा यहाँ पर स्पिन व्हील मिलता है स्क्रैच कार्ड भी मिल जाता है आपको अच्छे खासे कॉइन यहाँ से निकल जाएंगे कॉइन ऑफर भाई यहाँ पर आपको तीन टास्क मिलते हैं 100 100 कॉइन के और यहाँ पर रेफर भाई सबसे अच्छा है। यहाँ पर तीन कॉइन आपको मिलता है पर रेफर यहाँ पर देख सकते हो तो कॉइन की वैल्यू सात कॉइन की पाँच और सत्रह की पंद्रह भाई ऐसी वीडियो के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में